अस्सलाम नाजरी खबर है कर्नाटक के हुबली और बेंगलुरु में ईदगाह में गणेश पूजा को लेकर हाईकोर्ट में केस चल है क्या फैसला है हाईकोर्ट का सबसे पहले हम बात करेंगे हुबली की कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहते हुए हुगली की ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति दे दी है कि बेंगलोर के चामराज ईदगाह मामले की तरह वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा इस मामले में जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं मंगलवार को ही देर रात दस बजे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई करीब एक घंटे की दिरो के बाद जस्टिस अशोक एस केनागी ने रात पौने बारह बजे अपना फैसला सुना जस्टिस केनागी ने कहा कि मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश पारित करने की अर्जी में कोई आधार नहीं देखता इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता कोर्ट ने हबली की धारवाड़ नगर निगम एचडीएमसी डी एम की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में, में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने वाले आदेश को बरकरार रखा मंगलवार को दिन में बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह मैदान से जुड़े एक अन्य मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी के अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की, की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था और बुधवार गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी बैंगलोर में और हुगली में की जाएगी मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तेईस सितंबर की तारीख तय की थी उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित पक्षों को मामला सुलझाने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करने को कहा था बैंगलोर का और हबली ईदगाह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईदगाह में कौन को लेकर अंजुमन ए इस्लाम ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की दायर कर कहा था कि ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा की स्थापित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश दिए जाए यह पहली बार है जब हिंदू संगठनों ने होबली, धारवा नगर निगम से यहां पूजा करने की अनुमति मांगी है हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें रमजान और बकरीद सहित अन्य मौकों पर इसी ईदे नमाज पढ़ने की मंजूरी दी जा चुकी है नगर निगम की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील ध्यान चिनप्पा ने कहा है कि कल ये मेरे घर में पूजा का विरोध करेंगे जस्टिस केनागी ने अपने आदेश में कहा इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ये समिति नगर निगम की है और याचिकाकर्ता को केवल रमजान और बकरीद के मौक पर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है याचिकाकर्ता खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि समृति के मालकाना माल हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नगर निगम को किसी भी संप्रदाय की जमीन को पूजा स्थल के रूप में बदलने का कोई अधिकार नहीं उस पर अदालत ने कहा कि ईदगाह को पूजा स्थल के अधिनियम के तहत पूजा स्थल घोषित नहीं किया गया था याचिकाकर्ता ने इसे कोई सक्सेस भी पेश नहीं किए साबित नगर निगम ने इस जगह को पूजा स्थल घोषित किया है कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास सबूत है वो भी इस मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं लेकिन यह अंतरिम आदेश पारित करने का आदर नहीं तक हाई था कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के मैदान में खनिश चतुर्वेदी पूजा की अनुमति दी थी उसके बाद कर्नाटक बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दर्ज शुरू में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यों के बेंच ने की लेकिन बाद में यह मामला तीन सदस्यीय पेट को भेज दिया गया वरिष्ठ वकील कपिल सिंबल कर्नाटक बोर्ड का प्रतिनिधि कर रहे थे इस मामले को लेकर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए घुमली ईदगाह मैदान उन जगहों में से है जिसे लेकर सबसे बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई करीब एक भी पहले सन उन्नीस में अंजुमन इस्लाम को यहां सामूहिक नमाज करने का अधिकार मिला था बीती रात दशकों में इस ईदगाह मैदान को लेकर विवाद ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को जन्म भी दिया था साथ ही इसे उत्तर कर्नाटक में पार्थिव कद बढ़ाने में भी मदद मिली वहीं मुस्लिम समुदाय का दावा है कि साल उन्नीस से इसे जमीन इस जमीन पर उनका बेरुकोट कोर्ट दखल रहा है बेंगलोर में वो जमीन का इस्तेमाल अपनी इबादत और कब्रिस्तान के रूप में करते हैं बेंगलोर में लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके पास सरकारी कागजात नहीं है मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैसूर स्टेट वक्त बोर्ड ने इसे वक्त रोक घोषित कर रखा है और जब कोई प्रोप्टी घोषित कर दी जाती हो तो उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसे फैसले में ईदगाह मैदान पर सीमित समय के लिए धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दी थी कर्नाटकोर्ट के फैसले के, के बाद राज्य सरकार ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्वेदी की पूजा की आदि जारी की कर्नाटक वर्क बोर्ड ऑफ और, और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी मंगलवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी जस्टिस एस का और जस्टिस सुंदरेश ने इस मामले पर सुनवाई की